tum naein lip ya garj ke chala woh <laughs> mar gaamina galliya mein aaye lara <laughs> hai bangale se nach utha chhapra baliya mein chhapra baliya aaye lara उत छपरा बलिया हमें चुम्मा दिल बड़े आर ऑर्केस्ट्रा वाली हमारा दाहिना गलिया में चुमेल बड़े आर ऑर्केस्ट्रा वाली हमारा दाहिना गलिया में आई गह बंगाले से नच उत छपरा बलिया पर बलिया में चुम्मा दिल बड़ी आर वाली हमारा दहीना गलिया में चुम तेल बड़ी आर वाली हमारा दहीना गलिया में हिलावे पूरा हिला हेबूटा पूराई सकेजप हम तसापना पानी हा मसेजपा मसेेजपा कम रही बेऊटा पूराई सटेजप हम तसा पना कि मसेजप जितना मजहब हए कहा जतन हम मजह भये में नख पुरन कहा में चुम्मा दिले बड़ी आर ऑर्केस्ट्रावली हमारा दहीना में चुम्मा दिले बड़ी आर ऑर्केस्ट्रावली हमारा दहीना गलियमे जाप दे के लाग जाया हो अंदर के मोसन जाल हा मर जाग हो जाग छुआ जापोदे हिया के लाग जाया हो अंदर के ही मोहसन जाल हा मर जागो चोलिया हमें दरोगा लगाई हुक्टोर चोलिया हमें चुम्मा दिले बड़ी आर ऑर्केस्ट्रा वाली हमारा दहीना गलिया में चुम्मा दिले बड़ी आर ऑर्केस्ट्रा वाली हमारा दहीना गलिया में मेंिकॉर्डिंग स्टूडियो लखनऊ